Hi friends. जैसे आप सब? मुझे पता है, आप सब ठीक होंगे को पूरा तो <laughs> <laughs> क्या समझते हो तुम अपने आप को बहुत बड़े मस्त करे हो तुम बहुत बड़ा जो मे तुमने का मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी है भाई? पागल मालूम तुम अगर चाहो ना तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है कोई भी कोई भी कोई भी। कोई भी कोई भी बस उसके यार कोई गंदी गाली सोच सोच ली उससे भी गंदी सोच सोच ली वो है तू तो। Mmm. ¿Bebeo? Magalíes.